यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिखेंगे सी एन एफ प्रोबीबिलिटी कैलकुलेटर कन्फर्म टिकट करके इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स पी एन आर होता क्या है पी एन आर होता है आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जब भी आप कोई कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो एक बुकिंग पे आपको एक पी एन आर नंबर मिल जाता तो है बाद चेक पी एन आर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह पैसेंजर स्टेटस दिखा रहा है कि आर एल डब्ल्यू एल नाइन और आर एल करके दिखा रहा है उनके आगे लिखा है 89% चांस और 88% चांस ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो नोटिफिकेशन और कंफर्मेशन में दिखा रखा है इसमें फ्रेंड हाई कंफर्मेशन चांस में तो फ्रेंड हो ही जाता है और मीडियम कंफर्म चांस में फ्रेंड्स होने के चांस रहते हैं बट अगर आपका लोअर कन्फर्मेशन में आता है तो आप बुक ना करिए तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए क्वेरी को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू